नमस्कार मिथिला मैं हूं प्रणुका मिश्रा इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला का नया कार्यक्रम खबरों पर बातचीत जी हां खबरों पर बातचीत इस, इस कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष हम लोग विस्तार से खबर बताएंगे उस खबर की हर छोटी छोटी बात उस खबर को निचोड़ कर बताएंगे इस कार्यक्रम में तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एक खबर लेकर उपस्थित हैं एक सोशल मीडिया पर वायल एक खबर क्या फाइव की टेस्टिंग से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी खबर को सुलझाएंगे इसी बात को सुलझाएंगे तो चलिए वीडियो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कह जाएंगे कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे Facebook पेज को फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करे इस सबका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे ही संदेशों की भरमार है जिनमें कोरोना के लिए फाइव की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया गया है भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है यही देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं इन्हीं में से एक दावा यह भी है कि 5G टेस्टिंग के कारण कोरोना यह फैल रहा है एक दावा यह भी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं बल्कि 5G टेक्नोलॉजी का परिणाम इसका जवाब विश्व संगठन WHO ने भी रिपोर्ट में दिया है। इन संदेशों में यह भी कहा जा रहा है कि 5G जी टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है वायरल मैसेज में सरकार ऐसी टेस्टिंग आरोप तुरंत रोक लगाने की मांग भी की है वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया है कि की रेडिएशन की वजह ऐसी हर घर हर जगह करंट लगता रहता है और गला सामान्य ऐसी कुछ ज्यादा सूखता है इन पोस्ट में कहा गया है की यदि इन टावरों की टेस्टिंग आरोप रोक लगा जाए तो सब ठीक हो जाएगा इन संदेशों को शेयर करने वाले कुछ लोगों ने अपने साथ ऐसा होने का दावा भी किया है कोरोना महामारी को, को लेकर फैलाई जा रही इन खबरों पर विश्व संगठन डब्ल्यू एच की रिपोर्ट में जवाब दिया गया है कि डब्ल्यू एच की रिपोर्ट में ऐसे सभी दावों को फर्जी बताया गया है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5g मोबाइल नेटवर्क में से कोरोना नहीं फैलता साथ ही यह भी बताया गया है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रखता है रिपोर्ट के अनुसार कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहाँ फाइव मोबाइल की नेटवर्क नहीं है इसका मतलब यही है की फाइव के टेस्टिंग के कारण नहीं फैला कोरोना का संक्रमण आप सभी इन अभाव पर ध्यान न दे आप अपने आप को अपने परिवार आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे आज के लिए खबरों पर बातचीत कार्यक्रम में इतना ही मिलते हैं अगले खबरों पर बातचीत कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ नए खबर लेते हुए ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया पर वायरल खबर लेते हुए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज नमस्कार मिथिला